वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने फिर से एक अप्रेंटिसशिप की न्यूज़ लेकर के आया हुआ हूं जो कि मारुति सुचकी इंडिया लिमिटेड में निकली हुई है जिन भी कैंडिडेट्स ने आईटीआई पास कर लिया हुआ है और जिन्होंने गवर्नमेंट आईटीआई से पास किया हुआ है ऐसे कैंडिडेट्स मारुति सुचकी इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिसशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब देखिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज आपकी 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए क्वालिफिकेशन आई टी पास आउट गवर्नमेंट आई टी आई ओनली एस और एन दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इम्पॉटेंट नोटिस लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मार्च 2022 हज़ार है सेलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है ऑनलाइन टेस्ट होगा टेक्निकल एक्टिट्यूड इसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट आर नॉट अलाउड मतलब जिन कैंडिडेट्स को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम्स है ऐसे कैंडिडेट्स मारुति सुचकी की अप्रेंटिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं Next हैं प्लीज़ नोट डेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म ड नाट गारंटी यू द सेलेक्शन इन दिस प्रोसेस मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपने फॉम फिल किया हुआ है और आपको अप्रेंटिस मिल जाए इनका जो प्रोसीजर्स है पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा अगर आप उसे क्वालिफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका इंटरव्यू होगा इसके बाद में आपका मेडिकल होगा अगर इन सारे स्टेट्स को आप क्लियर करेंगे इसके बाद में ही आपका सिलेक्शन होगा आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है स्टेप फर्स्ट है आपको प्रोवाइड प्राइमरी ईमेल आईडी सेकंड स्टेप है वैलिडेट ईमेल मेल आई द कोड सेंड टू योर ई नेक्स्ट स्टेप है इसमें Fill in your relevant detail and preference. मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तीन स्टेप्स में होगा सबसे पहले आपको ई मेल आई डी से आपको एक्टिवेट करना होगा इसके बाद में ई मेल आई डी में आपके एक ओ टी पी जाएगा इसके बाद में फॉर्म आपका ओपन होगा नेक्स्ट स्टेट स्टेप है प्लीज नोट एट एनी स्टेज इफ फॉर्म दैट ए कैंडिडेट हैज़ नॉट हीयरेड टू दबर मैंसन इंट्रेक्शन इट हु टू ऑटोमेटिक डिसक्वालिफिकेशन मतलब कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन कोई भी इनकर होंगी तो आपको ऑटोमेटिक ही डिस क्वालिफिकेशन मतलब कि जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है इसके अकॉर्डिंग अगर आप फुलफ़िल करेंगे फॉर्म तभी आपका एक्सेप्ट होगा नो भी आपका फॉर्म रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा अब मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का आपका फॉर्म यहाँ पे लाइव like फिल करके दिखलाऊंगा सबसे पहले आपको क्या डालना है स्टेप वन प्रोवाइड ईमेल आईडी सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है इसके बाद हमें सबमिट करना है सबमिट करते ही आपकी मेल आईडी पे ओ जाएगा जैसे कि मैं देख रहा हूं इस कैंडिडेट की मेल आईडी पे पर आ गया अब मैं इसे वहां पे डालूंगा मैंने कैंडिडेट्स का ओ डाल दिया हुआ है इसके बाद में वेरीफाई कराऊंगा। अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हुआ अब सेकंड स्टेप योर हम बढ़ रहे हैं अब इसमें दिखा दिया हुआ है ऐड योर पिक्सर मतलब ये कैंडिडेट्स की फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है इसके बाद में टेस्ट की लोकेशन ऑल इंडिया बेस पर है नेक्स्ट है पर्सनल डिटेल कैंडिडेट्स का नेम फादर नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ मेल आईडी, प्राइमरी मोबाइल नंबर इसके बाद में आपको अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर डालना है इसके बाद में आपको अपना एड्रेस करंट व परमानेंट दोनों एड्रेस आपको फिल करने हैं टेंथ में परसेंटेज आपको फिल करना है बोर्ड पास आउट एजुकेशन टाइप्स आपको च्इस करनी है नेक्स्ट है आईटीआई की डिटेल नेम ट्रेड नेक्स्ट है आपने अगर ट्वेल्थ किया है या पॉलिटेक्निक तो आप उसको क्लिक करेंगे इसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि जिन कैंडिडेट्स ने अप्रेंटिसिप के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वह सारे कैंडिडेट्स अप्रेंटिसिप के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लें जिससे कि वहाँ से आपको एक नंबर अलॉट होगा उस नंबर को आपको इसमें मेंशन करना है जिस कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना नहीं मालूम है तो वह आई बटन के लिंक पर क्लिक करके अप्रेंटिसप के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस देख करके अपना रजिस्ट्रेशन सेल कर सकता है इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें इसके बाद में आधार नंबर नेक्स्ट अपलोड योर डॉक्यूमेंट टें आई टी आई मार्कशीट एंड आधार मतलब कि टेंथ की मार्कशीट आई it, की मार्कशीट आधार कार्ड ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको पी फाइल में कन्वर्ट करके कंप्रेस फाइल एक ही में मर्ज करके तीनों को आपको फाइल को अपलोड करना है जिसका साइज दिया हुआ है टेन एम बी आप छः फाइल्स इसमें अपलोड कर सकते हैं एक ही साथ में मर्ज करके मान ली 10 कैंडिडेट्स के पास में मार्कशीट सर्टिफिकेट टू आईटीआई टी आई मार्कशीट सर्टिफिकेट टू आधार कार्ड इस तरीके से आप छः डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर सकते हैं मर्ज करके चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद में सबमिट नाउ करेंगे इस तरीके से आपका ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा नेक्स्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा जिससे कि आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर फॉर्म फिल करने में